मुझको हो ना खबर चोरी चोरी चुप चुप कर अब प्यार की पहली नजर हाय ले गई ले गई दिल्ले गई ले गई ले गई ले गई, गई। दिल्ले गई ले गई